फिलहाल तो यू है की कुछ कर नहीं सकते तेरे बिन ही मरना होगा साथ मर नहीं सकते सूखे से पत्ते हैं एक पहनी पे लगे किस्मत तो देखो बिझड़ नहीं सकते फिलहाल तुम तो कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊ कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊ लग सियार कहू फिलहाल लग सियार कहूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊ लग सियार मैं मैन पता कि दुनिया See all the call full इसी हॉट